दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन प्रमाण पत्र के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझूँगा आखिरकार ये जीवन प्रमाण पत्र होता क्या है और किस कार्य के लिए ये काम आता है आखिरकार सी से कैसे आपको जीवन प्रमाण पत्र के अंदर आपको कैसे वर्क करना है ये क्या सर्विस है क्या इसके फायदे है आखिरकार ये जीवन प्रमाण पत्र है क्या सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ और सी से जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है उसके अंदर कैसे आपको वर्क करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो जो भी नए सी एस सी वैली है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें पास ही भी नोटिफिकेशन बेलाइकन है उस पर क्लिक करें ऑल को चुनें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों नमस्कार मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा रिलेटेड सर्विसेज में दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र की सर्विस के बारे में जानने से पहले या जीवन प्रमाण पत्र आखिरकार है क्या उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने जो ये वीडियो है दो पार्ट में शूट किया है ये जो है पहला पार्ट है पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएससी के जरिए सीएससी के थ्रू जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है उसमें आप कैसे वर्क करोगे और एक जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा उसमें मैं आपको जीवन प्रमाण पत्र का एक सॉफ्टवेयर आता है एक एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू कैसे आपको वर्क करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में शूट किया है ये जो है पार्ट वन है और आने वाले टाइम के अंदर पार्ट टू भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार ये जीवन प्रमाण पत्र है क्या जीवन प्रमाण पत्र काम आता है जिनको भी गोवर्मेंट की तरफ से पेंशनर मिलता है गवर्नमेंट उनका मुआयना करवाती है जो पेंशनर ले रहा है वो व्यक्ति या औरत जिंदा है या नहीं है सेटिस्फाई करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है वो काम आती है अगर आप राजस्थान के अंदर रहते होंगे तो आ, आपको वार्षिक सत्यापन के नाम से आप जानते होंगे वार्षिक सत्यापन क्या होता है यानी वार्षिक सत्यापन ही पेंशनर का हर साल गवर्नमेंट करवाती है और उसके हिसाब से ही उनको आगे की जो पेंशन है वो दी जाती है यानी हर साल उस व्यक्ति को ये प्रमाण देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये जो बंदा है ये इस नाम से जीवित है और गवर्नमेंट से जो पेंशन है वो ले रहा है उसका सत्यापन करवाने के लिए ये जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है वो काम आती है जो पेंशनर है उसको हर साल जीवन प्रमाण पत्र के तहत वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है तो ये था जीवन प्रमाण पत्र की सर्विस क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम बात कर लेते हैं जीवन प्रमाण पत्र सर्विस के अंदर पेंशनर को कैसे आपको वार्षिक सत्यापन करना है पेंशनर को कैसे वेरीफाई करना है कैसे इस सर्विस के अंदर काम करना है एक सर्टिफिकेट आता है इसके अंदर जो सर्टिफिकेट उसके जो बैंक से उनको पेंशनर मिलती है वो वहां पर जमा होता है वो सर्टिफिकेट लेके वहाँ जाना पड़ता है जिससे गवर्नमेंट वेरीफाई करती है हाँ इस बंदे को गवर्नमेंट पेंशन दे रही है वो अभी तक जीवित है ठीक है तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेकर उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बता देता हूँ इस सर्विस के अंदर कैसे आपको वर्क करना है और पेंशनर का जो है वार्षिक सत्यापन आपको कैसे करना है ये जो है हर साल होता है हर साल जीवन प्रमाण पत्र का जो प्रूफ है वो आपको देना पड़ता है अगर आपकी पेंशनर स्टार्ट है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप रिटायर्ड हो चुके हो तो आपको हर साल गवर्नमेंट को प्रूफ देना पड़ता है तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेकर करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा प्रोसेस समझने के लिए तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो ये है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन सबसे पहले आपको अपना सी एस कर लेना है लॉगिन करने के बाद इस वाले डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको टाइप करना है जीवन जैसे ही आप जीवन टाइप करोगे तो आपको यहाँ नंबर दो पर जीवन प्रमाण यहाँ लिखा हुआ आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा आप या जो भी गाइडलाइंस है पढ़ सकते हो पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जिसका भी आप जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो उसके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और आपके पास आयरिस डिवाइस या फिंगरप्रिंट ऐसी डिवाइस होना कंपलसरी है ठीक है इस बात का थोड़ा ध्यान रखें फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार जीवन प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ डिवाइस देखो आयरिस और फिंगरप्रिंट दोनों बता रहा है जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है वो सिलेक्ट करना है फिर डिवाइस नेम डालना है डिवाइस नेम जो भी है मंथ्रा मोरपो वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालना है फिर डिवाइस का मॉडल नंबर डिवाइस का मॉडल नंबर या डिवाइस के पीछे लिखा हुआ आता है आप देख लीजिए और सीरियल नंबर भी पीछे लिखा हुआ आता है ये डालना है फिर कॉन्टेक्ट डिटेल में आप या देख सकते हो आपकी सीएससी आईडी आ चुकी है आपका नाम डालना है मोबाइल नंबर डालना है ई मेल डालना है फिर आपका इस्टेट डालना है डिस्ट्रिक डालना है लोकेसन डालना है लोकेसन डालने के बाद पिन कोड डालना है एड्रेस डालना है और लेटीट्यूड और लॉन्गी डालना है अब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने के लिए आपको क्या करना है एक नया पेज ओपन करना है या टाइप करना है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या पर आपको अपना जो आधार में जो एड्रेस आ रहा है वो पे या टाइप करना है फिर फाइंड पर क्लिक करना है जैसे आप फाइंड पर क्लिक करोगे तो लेटीट्यूड और लॉन्गी बता देगा ठीक है और आप चाहो तो गूगल मैप पर जाकर भी रेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ढूंढ सकते हो फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ डाल देना है फिर कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो है खुद का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर न्यू जीवन प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो दो अलग अलग ऑप्शन आपके सामने है सबसे पहले जो लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है न्यू जीवन प्रमाण और दूसरा जो ऑप्शन है वो है व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट आपको न्यू जीवन प्रमाण पर क्लिक करना है आपकी सी एस सी आ जाएगी फिर मोबाइल नंबर डालना है जो पेंशनर का है फिर उसके बाद नेम ऑफ पेंशनर फिर टाइप ऑफ पेंशन यानी किस टाइप की ये पेंशन ले रहा है बंदा सर्विस की है या फैमिली है जो भी है वो आपको यहाँ टाइप करना है आप यह देख सकते हो ई आ रहा है फैमिली आ रहा है अदर आ रहा है और सर्विस आ रहा है जिस प्रकार की पेंशनर है जो कस्टमर आपके पास आता है उससे आप पूछ सकते हो कि आपकी जो पेंशनर है किस प्रकार की है फैमिली है अदर है या सर्विस है ठीक है मतलब जो जो सर्विस करके रिटायर्ड होता है वो सर्विस में आते हैं फिर फैमिली पेंशन आती है यानी किसी को मिलती है उसके डेथ होने के बाद अगर उसकी विसेज को मिल रही है तो वो फैमिली है और कोई अदर है तो आप अदर डाल सकते हो फिर पीपीओ नंबर डालना है पीपीओ नंबर जो आपके पास जीवन प्रमाण पत्र के लिए आएगा उसके पास एक फॉर्मेट रहता है और एक डिटेल्स रहती है जिसके अंदर पीपीओ नंबर लिखा हुआ रहता है फिर सैमसन अथॉरिटी सैमसन अथॉरिटी भी उसी जो लेके आएगा आपके पास जो जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक मतलब एक पन्ना सा होता है उसके अंदर पी नंबर और सैमसन अथॉरिटी वगैरह सब लिखी हुई होती है फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है जैसे ही आप सेंक्सन अथॉरिटी सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यार डिसबर्सिंग एजेंसी आ जाएगी फिर इसके बाद एजेंसी आ जाएगी और एजेंसी आने के बाद ऐसे एजेंसी आ जाती है फिर आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसमें पेंशन के पैसे आते हैं क्रेडिट होते हैं फिर उसके बाद अगर री है यस नो कर सकते हो रीएम्प्लॉयड है यानी री, अगर कोई बंदा रिटायरमेंट होने के बाद भी सर्विस कर रहा है तो आप या यस नो कर सकते हो फिर आपको कैप्चा कोड डालना है कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यह सबमिट पर क्लिक करना है सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर उसका आधार ओथेंटिकेशन के हिसाब से फिंगरप्रिंट लेना है जैसा कि आप देख सकते हो या आ चुका है और फिर यह अभी देखो मेरी कोई डिवाइस अभी अटैच वगैरह नहीं है मतलब थोड़ा सा इसमें अभी सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू है बाकी अगर आप करो ना आप ऐसा प्रोसेस करोगे आपका डिवाइस अगर प्रॉपर लगा हुआ होगा तो सिंपली उसका कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है जैसे ही आप फिंगरप्रिंट ले लोगे तो कुछ इसका चार्जेस है वो कट जाएगा कटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है या पर इसी पेज पर आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे रीडायरेक्ट होने के बाद आपको व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और उसे प्रिंट करके अपने जो कस्टमर है उसको दे देना है फिर वो कस्टमर जो है वो कॉपी ले अपने बैंक में जो भी जहाँ से पेंशन आ रही है वहाँ लेके जाएगा और वो जीवन प्रमाण पत्र है जो सेंक्सन उसका हो जाएगा और गवर्नमेंट उसको प्रूफ के तौर पर अपने पास रख लेगी और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ये जो बंदा है वो जीवित है और इसकी जो पेंशन है वो रेगुलर हो जाएगी कंटिन्यू हो जाएगी तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जीवन प्रमाण पत्र के बारे में तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम ले आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे जीवन प्रमाण पत्र जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो किसी पेंसिल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वो हम आपको पार्ट टू में बताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो संबंधी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट जरूर करें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की धन्यवाद तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जीवन प्रमाण पत्र के बारे में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैसे सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट करना है और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के जीवन प्रमाण पत्र उसका अप्लाई करना है तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो सीएससी से जो इसकी फीस रहेगी वो करीबन कोई 50 या 100 रुपए के बीच में रहेगी आप कस्टमर से वो चार्ज कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ हमारे जितने भी सी एस इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी भाइयों के साथ ये वीडियो जरूर आप शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके और वो भी इसके लिए आवेदन कर सके जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जान सके और रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सके तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें पास ही में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ऑल को चुने ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले तो दोस्तों चलता हूँ मिलता है फिर ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप इंतजार करें कोई ऐसी नई वीडियो का जय हिंद और मातरम